गाइस आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो हम लोग को हम अभी थके हुए हैं ये वाला लोग पानी पी ये देख सकते ये देख सकते ये पानी पी रहा है ये थक गया है बहुत आजी। तो आजी। ये वाला टावर में पकड़ा हुआ है वो झटका गया है आजी। आजी। आजी। अभी हम जाने में तैयारी हैं हम कुछ नहीं है पानी बोतल तीन ठो ठो है और खाने के लिए इसमें मूरी थोड़ा है और कुछ नहीं हम जाएंगे अभी और ये चींटी को निकाल रहा है अच्छे से अच्छी तरह से भरी दिए गुटे थे भर में ये है बाबू मोरी वाला अभी हम जाएंगे उधर वो पर्वत दिख रहा है जो उधर जाएंगे ये ये देखो ये मिर्ची दे दिया इसमें मिर्ची है वो ये वाला चीटी है जो कि आता जाता है ये वाला चीटी है चीटी। इसको खाने से बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है तो नहीं ये देखो ये मेरा भैया आप जो रेडी कर रहा है जो और एक मिर्चा मोर बाल ता दो पाग एक लुक मोबाइल में बहुत बिजी है ललू बाबू लाडू के बोलवावे तर पीटी भी करके जई रे अरे चला चुतिया इस बेको आ मैं मोर गो ले सुन सोसाइटी रोसे देख दशुन भेज दूसरी तो ये है देव मकान में ये रख खाने के लिए रेडी कर रहे हैं हम अभी थोड़ा तरह खाएंगे इसको आ जाएंगे वही इसलाम में सब वो हार्ड की नहीं खरीदी थी वो मुंह तो तो में तो मैं जरा कॉफ़ी करूँ मिर्ची लायी थी तो वो दोस्तों वाला लगा लोगी नहीं मिर्ची खोमती हो चुका मिर्ची दोस्तों वाल सी � जी ओ आप लोग बहुत छोटी छोटी वाला बोल रहा है की ये नहीं चलेगा बोल रहा है आओ तो जल्दी रेडी करवाई <laughs> जल्दी जिमा जी वो ना जिमा जिम्मा जल्दी जिमां ये देखो वीडियो कर रहा है इधर <laughs> आप लोग देख सकते हो ये लोग खा रहे हैं अभी हम जाने वाले थे ये लोग देख लो ये पातल का आइटम है वो वाला वो चीटी का आइटम है हम जाने वाले थे अभी रुक गए थोड़ा वो पानी पानी पी रहे थे थोड़ा खाना हो गया अभी अभी तो जाएंगे एक तो जा रहा है ये वाला अब उधर से जाएंगे पूरा उधर वो तक वो वाला जो दिख रहा है पर्वत और पत्थर जो दिख रहा है उधर जो जो जु। गाई आप लोग देख सकते हो ये लोग जा रहे हैं यहाँ बहुत सीलिप भी हो रहा है और तो नीचे एक नलिया है वो सीलिप हो रहा है फिर की, की है है देख सकते हो गाइस इधर बहुत पत्थर पत्थर बड़ा बड़ा ये वाला के जो टिया पकड़ा है ये वाला शिकारी हो तो शिकार करेगा मिलवा बनावाना भंगा टीजी भांगवा गाइस देख सको यहाँ लकड़ी बहुत है सूखा सूखा लकड़ी हम लोग तो, लो तो जा रहे हैं ये वाला ज़्यादा नहीं है आप लोग देख सकते इस नलिया में पानी नहीं है को भर दे ये पुष्पा है बोल ये स्टाइल कर दे ऐसा स्टाइल करेगा रे पुष्पा की तरह कल <laughs> आप <laughs> लोग तो देख, देख सकते हो ये कितना बड़ा नाला है जो कि जोर बोलते हैं इसको मैं बोल रहा हूँ जोर उड़िया में बोलते है धर सोता है देख सकते हो ये वाला सीन जो कि नीचे से जाना पड़ रहा है हमको ये नलिया के साइड इधर तो ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो रह जी रहा नहीं कहीं है है है दी कहीं नहीं रहा जी तो की दूर जो है है नु चौकी दो से कैला हम से के गुजर के जा रहे हैं आप देख सकते हो ये वाला इसको बोलते हैं ग्रेल फूल जो की खाने के लायक है जो की पका के खाते हैं ये वाला इसको पकाए खाते हैं ये गिर पानी भर है आपसे लोग देख सकते हो बहुत, अच्छा। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ये वाला हम लोग जा रहे थे देख लिया पानी है इधर ज़्यादा नहीं थोड़ा है उधर वो वाला जा रहा है उधर नदिया है उधर से आता है गई आप लोग देख सकते हो हम जा रहे हैं हमरे को बहुत दूर सफ़र करना पड़ेगा यह बेग ये पकड़ो बेग को इस चिया को भी पकड़ो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर ये क्या कर रहे हैं ये लोग जो कि ये फूल टूर रहे हैं जो कि खाने का जो मैं बोला था इसको खाते हैं इसके फूल को गाइस हम ज़्यादा दूर नहीं है अभी जा रहे हैं ये देखे तेरे छोटा मोटा नाला भी है इधर ताजमगंज बीच का है ये लोग आ रहे हैं हमारा टीम ko ladte jana padega isko dekh ke to kaise ja raha hai wo hindi desh wala pila हम लोग रास्ते गुजर के जाएंगे, जाएंगे। यहां देखते हो कि ना पूरा मैदान है ये वाला उधर बहुत खुला है उस ऊपर ऐसे जो ये नीचे दादुरू बूदारे तड़वा पर्वत पे दैट आई एम इनविजिबल डोंट परक डोंट ब्रिंग मी डाउन है ऐ 的卡啊哦它怕的草草的 इसको बोलते बोलते नंबर रूम जो की बोलते है इसको रूम। देखो इसको गया ये थक तो गया ज्यादा इसको कितना भारी का बेग पड़ा है देख लो बेग तो उधर नहीं बड़ा ले गया ये नहीं तुम ही नहीं लगा थोड़ी मां ये लोग भी का बस बहुत अच्छा जगह है आप लोग तो गाइस एक गिरा मेरे एक बार आप देखते काट, अच्छा सर, काट। सर गिरा उसको लेके जाएंगे घर यस यस यस हो गया आप लोग देख सकते हैं जंगल से भी बूतल मिलता है बोतल ऊपर से गिरता है ये बोतल इसमें पानी भरा रहता है तो तो वो कहता गाइस देखते हो वो कैसा जा रहा है ऊपर बहुत ऊपर चला गया है मेरा चप्पल तो गिर हो रहा है तकईमान तकईमान तकईमान हम तकईमान बने के कड़ा कड़ा ये जो केसेस है केसेस इन सुपर क्वालिटी है हम पर वाला दे ये नहीं कोई फिटिंग है यार देख लो ये अथा हो गया है उह मतलब पीटी पे वो है बूढ़ा देखला वाला होता है ना गाइस देख सकते हो ये लुक बहुत अच्छे से जा रहे हैं हम तो गिरने वाले थे भाई मेरा चप्पल छूट गया ये देख लो गाइस हम उधर जाएंगे ठीक ठीक है है ये ये ये देख लो पीछे रह गया वाला मंदा। तो तरा तरा मेरे के तो उला दिया बाबा ये ये ये वाला, वाला तो काटा काटा है वाला इसमें ये पूरा बहुत ऑरिजिनल काटा है जो कि जो लोहे का कांटा है वो छोटा पड़ जाएगा ये बड़ा पड़ जाएगा ये देख लो कांटा के गच ये जो कि शरीर में घुस जाएगा तो ये मर जाओगे इसमें बीज रहता है ज़्यादा करके आप लोग देख सकते ये वाला नीचे का रास्ता है जो की इससे इधर से झरन का पानी जो जाता है, से आता है, पानी। वो वो है। ये देख लो गुम हो गुम हो जा बोल के ये चिन्हा दे रहा है क्यूँकी वो निशान है एक देख लो मेरे को डांट रहा है उड़ रहा है क्या क्या बोल रहा है ओ क्या बोल रहा है? देखो वो तो इसको तो ये जंगली मैन जो कि पेड़ काट रहा है गाइस और ज्यादा दूर नहीं पहुंच गए हैं यहाँ से नज़ारा देख सकते हो जो कि वो नलिया जा रहा है नलिया है कि नहीं मालूम नहीं फिलहाल हमारे आदमी लोग जा रहे हैं। है ये लोग थक गए हैं ओ, जो दिख रहा है उधर जाएंगे हम देख लो हम अभी ज्यादा दूर नहीं पास ज्यादा दूर नहीं हो जाएंगे गाइस देख सकते हो तो हम लोग थक गए हैं अभी और बहुत दूर है क्योंकि मैं, मैं वीडियो में दिखाना चाहते हूँ उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल